हेलो गैश तो आज हम जानने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ सर्विसेज के बारे में ओके okay. तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा कि आप जानते होंगे आजकल जो कि बहुत ही पॉपुलर इसमें हो चुका है मतलब बिना क्लाउड कंप्यूटिंग के ए, मतलब कि आजकल कोई भी कंपनी नहीं चल रही तो आजकल मोस्टली जितनी भी कंपनियाँ अधिक करके क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि इसका उपयोग जो अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी कंसेप्ट चीज़ जिसमें आजकल हम यूज करते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम देखें तो अगर आप एक फोन यूजर हैं तो आपको सब जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानते होंगे कि जो उसमें गूगल ड्राइव गूगल ड्राइव तो अक्सर जो कि फ्री में फ्री में स्टोरेज प्रोवाइड कराता है और आ, वैसे तो क्लाउड कंप्यूटिंग के स्टोरेज के अपने फ्लैक्सीबिलिटी के हिसाब से जितना आपको चाहिए उसका उतना आपको पे करना पड़ेगा या बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तो बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट होता है आपके जरूरत के हिसाब से उतना कॉस्ट करता है और जो कि आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है ओके तो आ, इसको जो कि अक्सर अच्छा हम क्या बोलते हैं हार्डवेयर ऑन डिमांड भी बोल सकते हैं आईटी जो कि इस समय जो कि बहुत सारी कंपनीों पर जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रीन कंप्यूटिंग एंड एस एस ए एस मतलब कि सर्विस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और भी बहुत सारी चीज़ें जिसपे इस समय जो कि आईटी इंडस्ट्री का फोकस है सिंपली हम जो कि बोल सकते हैं ना कि क्लाउड कंप्यूटिंग को जो कि डेटा स्टोरेज सर्वर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एनालिटिक इंटेलिजेंस और भी बहुत सारी चीज़ें इन सब के साथ में साथ में और जो कि कंप्यूटर सर्विस के साथ में साथ में इनका जो कि डिलीवरी भी बोल सकते हैं ओके तो इसके कुछ सर्विसेज के बारे में हम जान लेते हैं इसमें जो कि तीन सर्विसेज होते हैं सॉफ्टवेयर एज है। ए सर्विस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर एज एड सर्विस के बारे में जान लेते हैं इसको शॉर्ट में हम जो कि एस बोलते हैं इससे जो कि हम हमेशा जो कि ऑन डिमांड सर्विस के नाम से जानते हैं मतलब कि आपके डिमांड डिमांड के ऊपर होता है जैसे कि कोई आपको क्रिएट सिंपली एक एरिया लाइफिंग जब ले लेता है अगर आपको कहीं जाना है मतलब यहां से गांव जाना है तो आप क्या करेंगे टिकट बुक करते हैं फिर जा फिर क्या करते हैं जाके मतलब ट्रेन में बैठते हैं और घर पे चले जाते हैं जहाँ तक उसका uh, रूट होता वहाँ तक पहुँचा देता फिर आप चले जाते उसमें आपको कुछ नहीं करना ऑनली टिकट बुक करना और बैठे घर पर जाना है और कुछ नहीं करना ओके तो इससे जो कि तो ये जो कि आपके डिमांड के ऊपर होता है जैसे कि आप अगर आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो सिंपली वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर अपना एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और क्रिएट करके आ जा, आ जाएंगे इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है जैसे कि जी मेल याहू वगैरह इन सब आप क्या करते हैं वैसे तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है बट अक्सर अक्सर आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर सॉफ्टवेयर नहीं हो तो सिंपली गूगल पे जाकर वहाँ पर जी मेल इन करके आप जिसको भी मेल भेजना है अप्लीकेशन भेजना है आप सिंपल ही कर सकते हो इसे इसके लिए जो कि एक्सेस क्लाउड एप्लीकेशन ट्रेडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ओके ये जो कि इसमें जो कि सिक्योरिटी भी हमें अच्छा मिलता है और नेक्स्ट हमारा जो कि प्लेटफॉर्म है जैसे सर्विस प्लेटफॉर्म है जैसे सर्विस में क्या होता है कि ये जो कि प्रोवाइड ए डेवलपमेंट एंड प्लेटफॉर्म रनिंग एप्लीकेशन इन द क्लाउड क्लाउड में हमारा जो भी एप्लीकेशन रनिंग होता है ना उसके लिए क्या करता है कि प्लेटफॉर्म हमें देता है जैसे कि सिंपली आप एक एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं अगर आ, मुझे मतलब कहीं नज़दीक में जाना है यहाँ से आ, जैसे कि मुंबई में मुंबई से मेरे को न्यू मुंबई में जाना तो मैंने क्या किया कैब बुक किया तो कैब क्या तो हमारे पर्सनल की होता है मैंने जहाँ तक बुक किया वो आएगा सिर्फ मुझे पर्सनल को लेके जाएगा जहाँ तक मैंने बुक किया है फिर वहाँ से छोड़ के चला गया इसमें अपने कुछ नहीं करना ना पेट्रोल का खर्चा देखना ना मेटेनेंस देखना कुछ नहीं ओनली बुक ऑनली कैब मैंने बुक किया वो मेरे पर्सनल के लिए हो गया मैं जहाँ तक बोलूँगा वहाँ तक मेरे को छोड़ेगा फिर पैसा लेके चला जाएगा तो क्या होगा वो जो कि प्लेटफॉर्म हो गया ओके जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में जो कि मैनेज हो जाता है हमें जो कि एक अच्छा अप्लीकेशन देता है ओके उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जो कि बहुत ही पॉपुलर डेवलपमेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग का इस समय जो कि मार्केट में इसे जो कि हम हमेशा हार्डवेयर है जो सर्विस के नाम से जानते हैं इट डिलीवर द कस्टमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड अलाउ द एग्जिटिंग एप्लीकेशन थ्रू रैन क्लाउड सप्लाई हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जैसे कि मुझे यहाँ से कहीं मतलब की कहीं जाना है मतलब दो तीन दिन के लिए कहीं पर घूमने जाना तो मैंने क्या किया एक कार रेंट पे लिया तो कार रेंट पे लिया तो मुझे क्या करना होगा मुझे उसका पेट्रोल मेंटेनेंस वगैरह कुछ ख़राब ना हो जाए तो हम मुझे क्या करना उसमें सब देखना पड़ता है मैंने बुक किया तो ओके तो पूरा खर्चा अपने को देखना तो जैसे ही मैंने जितने दिन का पेमेंट किया है उतने दिन मैंने यूज किया उसको लाके दे दिया पूरा मैंटेनेंस वगैरह के साथ में पेट्रोल वगैरह सब अपना यूज करना है तो क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे सर्विस हो गया ओके तो इसके कुछ टाइप्स हैं हम जान लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक जो कि फोर टाइप्स होते हैं एक होता है पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड पब्लिक क्लाउड क्राउड पब्लिक क्लाउड हम जानते हैं मतलब पब्लिक के लिए होता है मतलब नाम से ही पता चलता है कि हम अगर कोई भी वीडियो फोटो या सोशल मीडिया डालते हैं तो पब्लिक में जो कि कोई भी देख सकता है मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बस उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जैसे आपने फेसबुक पर फोटो अपलोड किया प्राइवेटली उसमें जो ऑप्शन देख, देखेंगे तो ऑप्शन भी शो करता है कि आपको प्राइवेटली चाहिए आप एक क्लोज फ्रेंड के लिए चाहिए तो आपने पब्लिक अगर किया है तो मतलब उसको कोई भी बंदा आपके नाम को जो कि सर्च करके आपका फोटो वगैरह जो भी है सब देख सकते हैं तो जो कि हमारा पब्लिक क्लाउड हो गया एंड नेक्स्ट वन इज द प्राइवेट क्लाउड प्राइवेट क्लाउड में हम जानते हैं मतलब किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के की होता है जो कि अपना जो कि अपना जो उसका सिक्योरिटी है उस, जो कि उसको शेयर उस नहीं करना चाहता है उसको पब्लिकली शो तो नहीं करना चाहता तो जो हमारा प्राइवेट क्लाउड कंपनियाँ यूज करती है इस प्रकार की तो हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि उसमें पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमारा हमारा डेटा जो कि ज्यादा सिक्योर और रिस्पॉसिबल होता है ओके नेक्स्ट चीज था कम्युनिटी क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है कि मतलब कि पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड तीनों का कॉम्बिनेशन होता है uh, जैसे कि दो इसमें क्या होता है ना कि दो कंपनियाँ जैसे तो दोनों के बीच में कम्युनिटी होती है उनके बीच में एक नेटवर्क होता है तो वो लोग जो कि क्या करते हैं अपने जो कि डेटा एक दूसरे से शेयर करने के लिए कम्युनिटी क्लाउड यूज करते हैं और कुछ एडवांटेज है जिसके बारे में हम जान लेते हैं अगर आपने जैसा कि आपने मोबाइल में अपना गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग में या गूगल ड्राइव में अपने जो फोटो कि फ़ोटो ईमेल वगैरह के शो किया बट आपका मोबाइल चोरी हो गया या गुम हो गया आ, तो उसमें आपको जो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड बच आ, याद रखना ओके तो वहाँ से जो कि आप किसी किसी के भी फ़ोन में लैपटॉप में पीछे में जो कि अपना जो कि यूजर आई पासवर्ड डाल कर करके अपना जो भी आपका डेटा हो जो भी निकाल सकते हैं तो इसके लिए आपको जो कि किसी हार्डवेयर हार्डवेयर या फिजिकल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है और ये जो कि बहुत ही सिक्योर होता है ओके और इसमें क्या होता है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है आप जितना चाहे उतना स्टोरेज यूज कर सकते हैं अगर स्टोरेज आपका जो कि फुल हो गया तो आप जो कि, जो कि कुछ अमाउंट पे करके क्लाउड कम्पिटी को जो कि और भी स्टोरेज स्टोरेज ले सकते ओके रैपिड डेवलपमेंट इसमें जो कि प्रोग्रेस बहुत ही तेजी से होता है ना और जो कि इन्वायरमेंट फ्लैट जो कि बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है डॉक्यूमेंट्स को तो जो कि आपके कंट्रोल करता है बैकअप में रिकव अगर आपका डेटा गुम भी हो गया मतलब तो उसको क्या करता है उसको जो कि बैकअप का भी ऑप्शन होता है अगर आपने मोबाइल या फोन जो कि रिसीड नहीं किया ना तो आप जो कि बैकअप भी आराम से कर सकते हैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है ओके okay? और इसके डिसएडवान्टेज तो ऐसे बात का है जैसे कि आ, मतलब बिना अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप क्लाउड कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते सिंपली इट इज टोटली डिपेंड ऑन द इंटरनेट ओके इट कनेक्शन रन स्लो अगर आपका इसका कनेक्शन अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो देखिए स्लो वर्क करेगा या फिर हो सकता है वर्किंग अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है तो बहुत ही अच्छा जो कि आपको और इसका आउटपुट दे सकता है और इसमें इसके लिए आपको देखिए किसी आ, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया हार्ड ड्राइव हो गया इसके लिए आपको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं कि मतलब कहीं पे कैरी करके ले जाना है बस आपको सिंपली यहाँ पर अपने मोबाइल में जो कि सेव करना आपका डेटा और आप इंडिया में मतलब इंडिया में क्या वर्ल्ड में आप कहीं भी हो बस आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और साथ में मोबाइल पेश या लैपटॉप जो भी आपके पास कैरी उसमें जो कि आप सिंपली लॉग करके आप अपने डेटा को कवर कर सकते हैं क्योंकि जो कि टोटली इंटरनेट के डिपेंड होता है विदाउ इंटरनेट इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली ओके तो दैट इज द दुडे प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग ओके थैंक यू गाइस